साइड में कर दो तो भाई। जबलपुर घमापुर से कांच घर तक हटे अतिक्रमण अब आसानी से बनेगी स्मार्ट सिटी की सड़क नमस्कार मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज घमापुर से लेकर कांच घर तक बनने वाली स्मार्ट सिटी रोड में अडंगा बन रहे 300 मीटर में जमी को जिला पुलिस प्रशासन और नगर निगम अतिक्रमण दस्ते की मदद ऐसी अतिक्रमण को अलग किया गया खास बात यह है की अतिक्रमण कर दुकान तानने वाले लोग जब सुबह पहुँचे तो उनकी दुकानों आरोप जेसीबी चलती नजर आये इसको लेकर दुकानदार स्थानीय जनों ने विरोध भी किया लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण किसी भी तरह का विवाद ज्यादा देर तक नहीं हो सका पुलिस के पहरे पर कच्चे पक्के करीब दो दर्जन से अधिक को जमींदोज किया गया अतिक्रमण हटाने के दौरान उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई, जब एक युवक कार्रवाई का विरोध करते हुए पहुँचा इस दौरान युवक ने अधिकारियों को बताया की अगर यह कार्रवाई नहीं रुकी तो वह अपने आप को आग लगा आत्महत्या कर लेगा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विरोध कर रहा युवक खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर पहुंचा था इसे काफ़ी समझाइश दी गई इसके बावजूद जब वह नहीं माना तो पुलिसकर्मी उसे थाना उठा कर ले गए तो वहीं पुलिस की माने तो युवक अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर पुलिस के पास पहुंचा था जिसकी फरियाद सुनी जा रही है जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट देखते रहिए द खबर न्यूज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से घमापुर चौक से और आगे कांचघ चौक तक का रोड बनना प्रस्तावित था वो विगत दो तीन साल से पेंडिंग चल रहा था ये और क्योंकि यहाँ पर रोड के दोनों ओर काफ़ी कुछ अतिक्रमण है इस कारण से पेंडिंग चल रहा था आज से ये जो अतिक्रमण है रोड में दोनों ओर तो उसको हटाया जा रहा है किला प्रशासन पुलिस प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से और ये अतिक्रमण हटने के बाद जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क है यहाँ पर प्रस्तावित उस सड़क का यहाँ पर निर्माण होना है अभी तक करीब 15 10 से पंद्रह जो मकान हैं वो खाली हो चुके हैं ये अलग हो चुके हैं शेज कार्रवाई अभी चल रही है